गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरा अनदर वीडियो में तो गाइस आज मैं फिर से एक प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ जो कि एक कुरियर बॉय आया हुआ है सो so, मुझे कॉल किया था तो उसी लेने आ जा रहा हूँ और एक ब्लूटूथ एयरफोन मंगवाया था तो चलिए आज घर में स्कूटी भी नहीं साइकिल से जाएंगे तो चलिए कुरियर आ, वो जो सामान है उसको लेकर आते हैं ठीक पैक हुआ था मतलब शिफ्ट हुआ था चार अक्टूबर को ठीक है लेकिन मैंने ऑर्डर किया था दो अक्टूबर को ठीक है दो अक्टूबर बिग बिलियन सेल में ऑर्डर किया था और मुझे डिलीवरी हुआ था पाँच अक्टूबर को ठीक है तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और ये ब्लूटूथ जो है गई ये दीदी के लिए मंगवाया हैल में मैंने परचेज किया है गाइस सिक्स यानी कि पूरा का पूरा सेवन तो प्राइस वगैरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितना रुपीज़ सिक्स हंड्रेड ठीक है आप लोग देख सकते हैं ये बोर्ड का ब्रांडिंग है यहाँ पे ऊपर बोट इस बोर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद ये देखिए कोड जो होता है ना बोट रॉकर्स 235 है ठीक है ये 235 थर्टी फाइव बोट रोकरस टू अलग अलग वेरियंट भी आता है लेकिन ये वाला थोड़ा पसंद आया तो इसी को ले लिया और आप लोग देख सकते हैं टाइप का है ब्लैक में मंगवाया है भी तो ये स्कॉबर में पीछे की तरफ ठीक है ये बॉर्डर का पूरा फुल डिटेल्स लिखा हुआ है तो आप लोग खुद पढ़ सकते हैं देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक या टिप्स और उसके बाद सेकंड में है हैंड्स फ्री कम्युनिकेशन इनबिल्ट माइक ठीक है और उसके बाद ये IPX5 स्वीट एंड वाटर रेसिस्टेंस बोन जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा लगने से कुछ नहीं होगा और ये लगभग आफ्टर टू एट आवर्स प्लेबैक यहाँ पे मेंशन किया है आप पता चलेगा यूज़ करने से कितना टाइम लगे ये सब अभी तो पता नहीं है तो कंट्रोलर सारा कुछ यहीं पे है वायरलेस ब्लूटूथ बार्सन इसका फाइव है और इसमें ड्राइवर्स दिया गया है टेन एम mm का डाइनेमिक ड्राइवर्स जो कि बहुत बढ़िया बेस्ट है और मैंने पर्सनल ने अभी सुना था और बहुत बढ़िया बेस है सच में ये बात सही है और जब कॉल आता है ना वो सच में वाइब्रेशन करता है ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें कहीं भी आप ट्रेवल करते हो तो पता नहीं चल रहा है ना तो लेकिन अगर वाइब्रेशन हो जाएगा तो पता 100 परसेंट चलेगा भीड़ भाड़ में भी तो ये अच्छा फैसिलिटी दिया गया है और ऐसे फर्स्ट चार्ज यहाँ पर दिखाया गया है बीस मिनट चार्जिंग करने से चार घंटे का फ्लेबैक आप लोगों को मिलेगा सो यहाँ पर मैंशन है सारा कुछ और सच में ये बहुत बढ़िया लगा आप लोग देखते हो पावर में कितना प्राइस है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ लेकिन ये बिल्कुल भी इसका नहीं है प्राइस खबर में तो ऐसे ही ज़्यादा लिखा हुआ था और इसका रियल प्राइस आप लोगों को ऑनलाइन में मैं बता दूँ जो मैंने खरीदा है ये सिक्स हंड्रेड नाइन्टी यानी कि सेवन तो इस केबल का अटैच करने के लिए ये सिंपल सा यहाँ पे बढ़िया तरीके से दिया गया है आप लोग किसी भी करके कर सकते हो ठीक है इस तरह से देखिए यहाँ पे लंबा भी हो जाता है और इसको वो छोटा भी कर सकते हैं सो so, ये अच्छा लगा चीज़ और इधर भी है और गैस ये मैगनेटेड मैग्नेट है दोनों में देखिए और मैगनेट सही तरीके से काम करता है ठीक है तो गैस यही है ब्लूटूथ 235 ठीक है जिसका कोड है और यहाँ पे वो बोर्ड का ब्रांडिंग दिया गया है और इसमें भी दिया गया है यहाँ पे ये राइट साइड का है यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो राइट साइड का ये हो गया और यहाँ पे कुछ फोकस ये जो साउंड वाला मैनुअल बटन है ठीक है ये आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे डीसी लिखा हुआ है ये चार्जिंग के लिए ठीक ये जो मल्टी फंक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो प्लस का बटाउन है ये साउंड और ये जो मिडिल का पावर ऑफ ऑन ऑफ है पहले मैं चालू करके दिखाता हूँ आप लोग देखिए यहाँ पे गैच आप लोग देख सकते हैं पावर ऑन हो गया और जब ये पावर ऑन होता है ना तो ये हिंदी से बता देता है कि पावर ऑन हो गया तो बहुत ही अच्छा है और इसका जो बेस्ट है ना गैच अभी मैंने थोड़ा इसका गाना कनेक्ट करके थोड़ा गाना मैंने बजाया था म्यूजिक से लगाया था मेरा फ़ोन से तो सच में साउंड मस्त है इसका बेस भी बढ़िया है और जो ये मैग्नेटिक तो ये भी बढ़िया है और ये बहुत अच्छा लगा ये जो है देखिए चीज़ अच्छी तरह से फिनिशिंग होकर चला जा, जाता है यहाँ पे ग्रिप है ना तो देखते हैं इस ग्रिप की वजह से बहुत बढ़िया तर, बढ़िया तरीके से अटैच हो जाता है देख फोकस नहीं कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया तरीके से अटैच होकर चला जाता है और बहुत बढ़िया चीज़ है ये वाला ये जो ये अपडाउन वाला है ना ये बहुत बढ़िया चीज़ है और ये साउंड क्वालिटी सच में गैस मस्त है तो मस्त लगा और आप लोग ये डेफिनेटली बाय कर सकते हो गैस और बहुत बढ़िया डील है और रोकर्ज बोट का तो ऐसे बहुत बढ़िया होता है तो चलिए आज का वीडियो यही है अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर शे, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर ये आप लोगों को खरीदना है तो मैं बिल्कुल मैं मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्सन पर लिंक दे दूँगा आप तो चले गए आज का वीडियो बस इतना ही था अगर ये पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो आज का वीडियो बस